उस की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को था समझा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं